जय हिंद ये जी आई लेक्चर का पार्ट थ्री है जो लोग पार्ट वन और टू नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर देख लें या तो यहाँ पर एक साइड में आई बटन होगा वहाँ पर क्लिक करके सीधे हमारे वीडियोस पर जा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न प्रश्न नंबर इकतालीस है। और इकतालीस से पहले जो एक से लगा कर तक हैं वो जी के क्वेश्चन हैं उनको हम किसी दूसरे दिन हल करेंगे आज हम केवल सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन ही हल करेंगे और ये क्वेश्चन जीआईसी लेक्चरर टीजीटी पीजीटी और जो लोग सामाजिक विज्ञान से जूनियर एडेड हाई स्कूल में जो फार्म भरे हैं उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का अच्छा। पहला प्रश्न प्रश्न नंबर इकतालीस से किसने कहा है जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक से अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है ऑप्शन ए डेविड ईस्टर्न ऑप्शन बी एफ डब्ल्यू मेटलैंड ऑप्शन सी रॉबर्ट एडहल या फिर ऑप्शन डी जे आर सीले तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एफडब्ल्यू मेटलैंड प्रश्न नंबर 42 राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच यह कथन किसका है ऑप्शन ए जे ब्राइस का बी पी जने का सी एलेक्सी टाकबीले का या फिर आइवर ब्राउन का बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जे ब्राइस का प्रश्न नंबर तैतालीस कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचनाओं में से किसमें उसके श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार मिलते हैं ऑप्शन ए द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ऑप्शन बी 1844 के इकोनॉमिक एंड फिलासफिक मैन्यूस्क्रिप्ट सी दास कैपिटल या फिर इनमें से कोई नहीं बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1844 के इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट प्रश्न नंबर 44 निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सत्रहवीं तथा अट्ठारहवीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था ऑप्शन ए दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत बी शक्ति का सिद्धांत सी सामाजिक समझौते का सिद्धांत या फिर डी ऐतिहासिक सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल के आने की प्रबलता भी बहुत ज़्यादा है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रश्न नंबर 45 किसने कहा कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है ऑप्शन ए बेंथम ने बी मिलने सी जीएस एस मिलने या फिर डी बार करने प्रश्न नंबर 45 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बेंथम ने और बेंथम का संबंध जो है उपयोगितावाद से ये उपयोगितावादी विचारक हैं प्रश्न नंबर छियालीस राजनीति शास्त्र को इससे बहुत लाभ होगा यदि के सिद्धांत को तिलांजलि दे दी जाए यह कथन किसने उत्तर बताइए आप ने, ने, लोग तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो होगा एच जे लाश्की एच जे लाश्की प्रश्न नंबर सैतालीस सरकार की एकात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथन में से सही कौन है यह बताना है ऑप्शन ए है यदि राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण रखने में सर्वाधिक प्रभावी है ऑप्शन दो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से सख्त स्थानीय इकाइयों को प्रत्यायोजित की जाती है ऑप्शन तीन इसमें एकल विध निर्माण निकाय होता है या फिर ऑप्शन चार स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त नहीं करती है तो इसमें विकल्प चुनना है कि कौन सा विकल्प सही है बताइए आप लोग कौन सा विकल्प सही है प्रश्न नंबर सैतालीस का तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चारों विकल्प सही हैं। प्रश्न नंबर अड़तालीस द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है यह किसने कहा है? ए बलंटसली ने बी गार्नर ने सी लेखी ने या फिर डी न्यायाधीश स्टोरी ने इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का, का, तो का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गार्नर ने प्रश्न नंबर उनचास ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऑप्शन क्या किया जाता है मनोनियत किया जाता है चयनित किया जाता है निर्वाचित किया जाता है या फिर नियुक्त किया जाता है बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नियुक्त होता है प्रश्न नंबर पचास कन्वेंशन काकस और प्राइमरी का संबंध प्रमुखता किससे है ऑप्शन ए अमेरिका की सीनियर शक्तियों से बी अमेरिकी प्रतिनिधि सदन की शक्तियों से सी अमेरिकी राष्ट्रपति और सदन के भी सदस्य संबंधों से या फिर डी अमेरिकी दलों और चुनावों से प्रश्न नंबर पचास इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अमेरिकी दलों और चुनाव से प्रश्न नंबर इक्यावन व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा है यह कथन किसने कहा है ऑप्शन ए डायसी ने बी अरस्तु ने सी मॉन्टेस्क्यू ने या फिर डी बोंदा ने प्रश्न नंबर इक्यावन बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डाइसी ने डाइसी ने ही कहा है व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है प्रश्न नंबर बावन किसने कहा है लोकतंत्र का कोई क्रमबद्ध समर्थन संभव नहीं है क्योंकि लोकतंत्र स्वयं किसी क्रमबद्ध सिद्धांत की देन नहीं है यह कथन किसका है सी सीईएमजोट बी मैक्सपर्सन सी बिनेस्टीन या फिर डी बाइस इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन मैक्स राज्य एक साधन है साध्य नहीं यह कथन किसका है यह सिद्धांत किन लोगों का है क्या यह उदारवादियों का है व्यक्तिवादियों का है फांसीवादियों का है या फिर वैज्ञानिक समाजवादियों का यह कथन है कि राज्य साधन है साध्य नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए एक काम सवाल है सबको पता होगा प्रश्न नंबर तिरपन ये कथन व्यक्तिवादियों का है प्रश्न नंबर चौवन निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी विचारों को एक मेधावी सिद्धांतकार के रूप में वर्णित किया गया है ऑप्शन ए लेनि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन प्रश्न नंबर पचपन निम्न में से कौन एक उदारवादी राजनीतिक दर्शन का जनक है ऑप्शन ए लास्की बी लॉक सी मिल या फिर डी ग्रीन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जॉन प्रश्न नंबर छप्पन निम्नलिखित में से किसने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में किया है ऑप्शन ए एस हंटिंगटन बी जोसेफ सुपीटर सी डेविड डेविडस्टन या फिर डी रॉबर्ट डहल इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप लोग तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रॉबर्ट डहल प्रश्न नंबर सत्तावन परिभाषित शब्द सामाजिक लो, लोकतंत्र किसके द्वारा गढ़ा गया है ऑप्शन ए प्रजातंत्रवादी बी साम्यवादियों के द्वारा सी नाजीवादियों के द्वारा या फिर डी आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी समाजवादियों के द्वारा सामाजिक लोकतंत्र शब्द गढ़ा गया है अठावन अरविंद घोष का वंदे मातरम उनके राजनीतिक उद्भव के लिए काल को दर्शाता है ऑप्शन ए मध्यकाल को बी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को सी आध्यात्मिक उद्भववाद को या फिर डी साम्राज्यवाद को इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को प्रश्न नंबर उन्सठ निम्न में से कौन सी कृत काल मार्क्स एवं एंजल्स की है ऑप्शन एरी ओरिजिन ऑफ एसेंस एसेंस ऑफ़ क्रिश्चियनिटी, सी जर्मन आइडियोलॉजी या फिर डी हिस्टोरिकल इन एवीटेबिलिटी इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जर्मन आइडियोलॉजी तो जर्मन आइडियोलॉजी जो है वो कॉलमार्क्स की है और एंजल्स की है जर्मन आइडियोलॉजी जो है वो काल मास और एंजल्स की है बाकी ऊपर जो एक ऑप्शन ए बी और डी इन तीनों में एंजल्स का सहयोग है प्रश्न नंबर साठ आरस्थ ने अपने समय में कुल एक सौ अट्ठावन संविधानों का अभ्यास किया था जिनमें से केवल एक ही आज है, है। भी विद्यमान है वह है ऑप्शन ए साइप्रस का संविधान बी अलेक्जेंड्रिया का संविधान सी मैसेडोनिया का संविधान या फिर डी एथेंस का संविधान इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एथेनस का संविधान प्रश्न नंबर इकसठ निम्न में से किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया है ऑप्शन है प्लेटो बी जॉनलॉक सी रूसो या उपयुक्तों में से कोई नहीं प्रश्न नंबर इकसठ का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जान लॉक प्रश्न नंबर बासठ इसमें सूची एक को सूची दो से मिलाना है तो नीचे ये कूट दिए हैं और ऊपर सूची दी है तो सूची को पहले एक बार पढ़ लेते हैं धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है सहमत का सिद्धांत व्यक्तिवादी सिद्धांत और स्वतंत्रता का सिद्धांत तो ये आपको मैच करना है कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत से कौन जुड़ा है सहमत के सिद्धांत से कौन जुड़ा है व्यक्तिवादी सिद्धांत से कौन जुड़ा है तो ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत से जुड़े हैं आपके मैकिया वेली ऑप्शन तीन का थर्ड सहमत के सिद्धांत से जुड़े हैं जॉन लॉक व्यक्तिवादी सिद्धांत से जुड़े हैं थॉमस ऑप्स और स्वतंत्रता के सिद्धांत से जुड़े हैं रूसो तो इस प्रकार हुआ का से का से तो एक थ्री से दो हैं अब देखिए बी का सहमत का सिद्धांत से कौन जुड़े हैं तो सहमत के सिद्धांत से जुड़े हैं जॉन लाख तो ये एक थ्री और फिर फोर हो गया तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही है प्रश्न नंबर तिरसठ निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधायी कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करता है ऑप्शन हाप्स बी लाक सी रूसो या फिर डी जेरेमी बिन्थम इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जान लाक प्रश्न नंबर चौंसठ कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा अपने उद्देश्य के रूप में कब की 1925 में बी उन्नीस में सी 1926 में या फिर डी 1936 में इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उन्नीस में प्रश्न नंबर पैंसठ अस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण इस पर आधारित था कि ऑप्शन ए कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है या फिर ऑप्शन बी सत्ता में अनवर बने रहने के उपाय बताए थे या फिर सी प्लेटो के द रिपब्लिक के मूल प्रतिपादन को स्वीकार करना था या फिर ऑप्शन डी बहुसंख्यक का शासन सुनिश्चित करना था तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है इस पर आधारित था संविधानों का वर्गीकरण अरस्तु का प्रश्न नंबर छाछठ निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार का विरोधी है ऑप्शन ए रूसो बी लॉक सी ग्रीन या फिर डी मिल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मिल प्रश्न नंबर सरसठ मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएँ सही हैं ऑप्शन ए इतिहास की संपूर्ण सामूहिक घटनाओं का निर्धारण आर्थिक स्थितियों के द्वारा होता है ऑप्शन दो उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय कार्यकलाप है ऑप्शन तीन व्यक्ति अकेले की तुलना में संघ में रहकर अधिक उत्पादन करता है या फिर ऑप्शन चार धर्म जनता की अफीम है तो एक कोट दिए हैं इसमें आपको चेक करना है कि कौन से कूट सही हैं दो तीन और चार चारों सही हैं। मतलब ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 68, किसने राज्य को बुर्जुआ वर्ग के मामलों में मामलों के प्रबंधन करने वाली कार्य समिति के रूप में देखा है ऑप्शन ए लेनिन, बी एंजिल्स सी स्टालिन या फिर डी मार्क्स इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मार्क्स प्रश्न नंबर उनहत्तर किसने कहा है मनुष्य को सोचने के पूर्व खाना खाना चाहिए खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा उत्पादन एक प्रकार का मूल कार्यकलाप है ऑप्शन ए माओ ने कहा रोजा लेग्जमबर्ग ने कहा या लुई लुइस अल्थूसर ने कहा या फिर कार्ल मार्क्स ने कहा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स ने कहा राय लेनिन बहस किसके इर्द गिर्द केंद्रित थी ऑप्शन एक द्वंदात्मक भौतिकवाद के बी ऐतिहासिक इतिहास का मार्क्सवादी सिद्धांत से या फिर सी अधिशेष मूल्य सिद्धांत से या फिर डी बेसिक प्रश्न से तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन आप डी बेसिक प्रश्न से प्रश्न नंबर इकहत्तर निम्न में से किसने माना कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है ऑप्शन ए बी एस बी के पी सी बेनी प्रसाद या फिर डी ए अल्टेकर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अल्टेकर ने माना है मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है प्रश्न नंबर राजा के लिए उत्तर दायुत के लिए सिद्धांत का जिक्र करते हुए उसने कहा है कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है यह किसने कहा है ऑप्शन ए मैक ने बी मनु ने सी कौटिल्य फिर डी चंद्रगुप्त ने प्रश्न नंबर बहत्तर का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कौटिल्य कौटिल्य समर्थक का था किसका समर्थक था ऑप्शन ए राजतंत्र का बी सीमित राजतंत्र का सी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का या उपर्युक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बताइए आप लोग ए राजतंत्र का चौहत्तर में सूची मिलाना है और वो भी किताबों की कि किस <finds> किसने कौन सी किताब लिखी है सूची वन में पुस्तकें दी हैं सूची टू में उस पुस्तकों के विचारक या लेखक गए own own Ushehe, दिए गए हैं मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म ये किसकी है गांधी एंड गांधीज्म किसकी है ए एजेंड एंड सिंबल एक किसकी है और गीतांजलि किसकी है ये आपको मैच कराना है तो चलिए मैच करते हैं मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म तो ये है राम मनोहर लोहिया की गांधी एंड गांधीज्म ये किसकी है तो यह है ऑप्शन फोर बी आर अम्बेडकर की सावित्री एजेंड एंड ए सिंबल इक्कीस की है तो ये है अरविंदो की गीतांजलि सबको पता है कि रविन्द्रनाथ टागुर की है तो इस प्रकार से कौन सा कोट सही होगा इस प्रकार से प्रश्न नंबर चौहत्तर का ऑप्शन ये सही होगा प्रश्न नंबर पचहत्तर सौवें संविधान संशोधन से अप्रभावित राज्य कौन सा है ऑप्शन है त्रिपुरा बी सिक्किम सी मेघालय या फिर डी असम तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिक्किम प्रश्न नंबर छिहत्तर हंटर कमेटी रिपोर्ट संबंधित था किससे संबंधित था ऑप्शन ए अठारह के विद्रोह से बी अठारह सौ छियानबे के अकाल से सी जलियावाला बाग के दुख से या फिर डी बंगाल विभाजन से बताइए हंटर कमेटी का संबंध किससे था प्रश्न नंबर छिहत्तर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जलियावाला बाग के दुख से संबंधित थी हंटर रिपोर्ट प्रश्न नंबर 77 शांति आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन कहलाता है ऑप्शन कामगार आंदोलन बी किसान आंदोलन सी नवजीवन आंदोलन या फिर डी उपनिवेश विरोधी आंदोलन इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नव सामाजिक आंदोलन जिक आंदोलन प्रश्न नंबर 78 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने बी रास बिहारी बोस ने सी जय प्रकाश नारायण ने या फिर एम एन राय ने प्रश्न नंबर 78 इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने लगा लिया होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस प्रश्न नंबर उन्नासी भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया गया था ऑप्शन है इलाहाबाद बी पुना सी वर्धा या फिर डी साबरमती इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वर्धा में लिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय प्रश्न नंबर अस्सी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज तथा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की कहाँ पर ऑप्शन ए बर्मा में बी जापान में सी मलायम में या फिर डी सिंगापुर में तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सिंगापुर में प्रश्न नंबर इक्यासी रामास्वामी नायकर ने स्वराज की राष्ट्रवादी मांग को कहा क्या कहा था की अभिव्यक्ति की पुकार सी स्वीकृति बहुल या फिर की साजिश। तो इस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्थानीय प्रभुओं की साजिश प्रश्न नंबर बयासी निम्नलिखित में से कौन एक नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस या फिर सरली इमाम इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू नहीं थे बाकी तीनों लोग थे प्रश्न नंबर तिरासी भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था ऑप्शन ए उन्नीस में बी 1950 में सी उन्नीस में, में या फिर डी उन्नीस में इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उन्नीस प्रश्न नंबर चौरासी इसको इसको फिर से सूची में मिलाना है विचारक दिए गए हैं और नीत निर्देशक सिद्धांतों पर उसकी प्रकृति पर विचार दिए गए हैं तो विचारक देखते हैं पनिक्कर अम्बेडकर बी राव और जेनिंग्स तो पनिक्कर का संबंध किससे है आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद के सिद्धांत की प्रकृति पर विचार किया है बी आर ने आर्थिक लो, लोकतंत्र पर बी राव ने नैतिक उपदेश पर ने पर इस इस प्रकार से से सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पहला तीसरे से, दूसरा चौथे से तीसरा दूसरे से और चौथा पहले से प्रश्न नंबर पचासी भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक रीढ़ी है ऑप्शन ए स्विटरलैंड के संविधान का बी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का सी भारत शन अधिनियम 1935 का या फिर कनाडा के संविधान का प्रश्न नंबर पचासी का उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935 का नीचे दिए गए कथन है उसमें यह बताना है अभिकथन दिए हैं कि एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है अभिकथन क्या है देखिए भारत शासन भारतीय संविधान के काफी प्रावधान भारत शासन अधिनियम उन्नीस से अपनाए गए थे कारण क्या था कांग्रेस पार्टी ने भारत शासन अधिनियम उन्नीस को संविधान के आधार के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था आप देखिए इसमें कारण और कोर्ट देखो कौन सा सही है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सत्य है परंतु आर असत्य हाँ है प्रश्न नंबर सत्तासी भारत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 प्रदान करता है क्या प्रदान करता है ऑप्शन ए संरक्षण बी आर्थिक क्रियाकलाप सी सामाजिक क्रियाकलाप या फिर डी लोक कल्याणकारी कार्य तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लोक कल्याणकारी कार्य हमने किस देश के संविधान से राज्य के नियुक्त निर्देशक तत्वों को लिया है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका के बी ग्रेट ब्रिटेन के सी फ्रांस के या फिर डी आयरलैंड के संविधान से तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान से ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है राज्य के नीति निदेशक तत्वों को प्रश्न नंबर नवासी भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में विधानसभा के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 42 बी अनुच्छेद 43 सी अनुच्छेद 43 ए या फिर डी अनुच्छेद 49 ए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 43 से प्रश्न नंबर 90 हमारे संविधान के भाग तीन में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है ऑप्शन ए नकारात्मक भी सकारात्मक या डी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं प्रश्न इक्यानबे शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में सम्मिलित किया गया था ऑप्शन है यूपी राज बनाम अब्दुल समीसौ बासठ बी फ्रैंक एंथी पब्लिक स्कूल इम्प्लाईज एसोसिएशन बनाम भारत संघ उन्नीस या फिर ऑप्शन सी मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य उन्नीस या फिर डी रामानुज बनाम तमिलनाडु राज्य 1961 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य उन्नीस वाद में ये बताया गया शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत किया गया प्रश्न नंबर बानबे किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था ऑप्शन ए 2001 में बी 2004 में सी 2005 में या फिर डी 2002 में इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सन 2005 में प्रश्न नंबर तिरानबे लैटिन शब्द माइंड मस जिसे परमादेश कहते हैं का अर्थ क्या है आपसे ने सा शरीर प्रस्तुतिकरण बी अधीनस्थ न्यायालय में वाद काटाना सी प्राधिकारियों को चुनौती देना या फिर डी हम आदेश देते हैं माइडमेस का अर्थ क्या होगा जिसे हिंदी परमार्थ कहते हैं बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हम आदेश देते हैं तो ये आज का रहा लास्ट क्वेश्चन और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें लाइक करें कमेंट करें जो भी करेक्शन करने वाला हो हमें सुझाव दीजिए और क्योंकि ये तिरानबे सवाल हुए हैं और प्रश्न नंबर इकतालीस से शुरू किए हैं जो जितने बचे हैं लगभग सत्ताईस अट्ठाईस सवाल और बचे हैं टोटल एक सौ बीस आने हैं एक सौ बीस में जो है चालीस सवाल आ जाएंगे जी के जिसको हम कल करवा देंगे दूसरे पार्ट में अलग से और बच्चेंगे 27 प्रश्न ये भी कल ही करवा देंगे तो एक पूरा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा कितने नंबर का 120 नंबर का 120 नंबर का पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद दूसरा आठ दस प्रैक्टिस सेट करवा देंगे और इसी से लगभग आपका क्वेश्चन पेपर लगभग सॉल्व हो जाएगा थोड़ा मेहनत करिए हो जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद